सो हेलो गाइस वेलकम बैक और प्रेम आल इन वीडियो आज हम आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने एक नया अभियान चालू किया है हर घर तिरंगा अभियान इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि हर घर तिरंगा अभियान क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है एंड इसके बारे में कि इसको क्यों चालू किया गया है अभियान और उसका मकसद क्या है केंद्र सरकार का सो तो बन रही हमारे वीडियो में तो अगर आपको इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको थोड़ा सवाल रखना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है आज की वैसे ज़्यादा लंबी नहीं होगी सो so, इसके बारे में चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो सो आज का हमारा टॉपिक है कि हर घर तिरंगा अभियान क्या है और इसमें सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है और इसमें स्टेशन इस कैसे करना है और इसका अभियान जो है वो क्यों चलाया जा रहा है और इसका मकसद क्या है सो so, देखिए इसके बारे में कि इसकी घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है आपको मालूम होगा इसके बारे में और इस, इस अभियान के तहत देश के पीएम ने सभी नागरिकों से अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने की अपील की है और और क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट के जरिए भी बताओ बताया है कि हर घर तिरंगा कॉमने के तहत इस अपील को जनता तक पहुंचाया जाए आपको इसके बारे में पता होगा कि इस वर्ष देश आज़ादी के पचहत्तर वर्ष पूरे कर रहा है सभी को मालूम होगा कि जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है ये पचहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस है और इस अवसर को मनाने के लिए अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई है ये पल भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत ही खास है वो तो है ही है और इसलिए हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों को आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है भारत सरकार ने अपने देश के नागरिकों को देशभक्ति प्रदर्शित करने के लिए तेरह अगस्त से पंद्रह अगस्त दो तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा है और हर घर तिरंगे में शामिल होना चाहिए सो हम शामिल होंगे हर घर शामिल होगा क्यों नहीं शामिल होगा और देखिए देश के लिए यही गर्व का पल होगा इस अभियान में भाग लेने के लिए सभी देशवासियों से अनुरोध है कि वे लोग हर घर तिरंगा प्रमाण पत्र को डाउनलोड करें और रजिस्ट्रेशन करें जिसकी जिसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो इसके बारे में थोड़ी थोड़ा बता देते हैं आपको इस वर्ष देश की आज़ादी के सत्तरवीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर पी मोदी ने सभी नागरिकों को अपने घरों पर तेरह से पंद्रह अगस्त दो फहराने की अपील की है हर घर तिरंगा अभियान ने से देश के नागरिकों में देशभक्ति व ध्वजा के प्रति सम्मान व जुड़ाव में वृद्धि होगी 22 जुलाई उन्नीस को पहली बार तिरंगा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था इस अभियान के अंतर्गत जन जन भागीदारी के साथ 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से भी अधिक लोग अपने घरों में झंडे फहराने फहराएंगे और अब रही बात झंडे की तो झंडे आप अपने पास के पोस्ट ऑफिस से खरीद सकेंगे और साथ ही ऑनलाइन खरीदने का विकल्प भी दिया गया है तो चलते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के ऊपर इसका जो पंजीकरण है वो बाईस जुलाई से दो स्टार्टिंग हुआ है और इसकी लास्ट डेट पाँच अगस्त 2022 है और देखिए भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा भी आप सभी से अनुरोध है कि हम सभी को इस अभियान में शामिल होना चाहिए और अपने स्थानों पर जहां पर भी हम हों तिरंगा फहराना चाहिए आज़ादी का अमृत महोत्सव 13 अगस्त से शुरू होगा 15 अगस्त 2022 हज़ार होगा देखिए पहले तो ओनली 15 अगस्त को ही जन, दो किया जाता था लेकिन अब तेरह अगस्त से स्टार्टिंग हुआ है इस बार तेरह अगस्त से पंद्रह अगस्त तक होगा मतलब तीन दिन तीन दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा और ये तीन दिन भारत के लिए बेहद गर्व महसूस करने वाले होंगे और इन खास दिनों में बहुत सारी प्रतियोगिताएँ और कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें प्रतिभा को करने वाले सफल विजेताओं को राष्ट्रीय राश्ट्र, और इस स्तरी पर उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा तो चलते हैं कैसे इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और कैसे पनय करना है तो इसकी लिंक हम आप, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वहाँ जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा इस पेज में आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म जो है ना ये चार स्टेप में कम्प्लीट होगा पहले स्टेप में आपको पिन ए इसमें क्लिक करना पड़ेगा जो रेड कलर आपको दिख रहा होगा यह पिन फ्लैग सेकेंड स्टेप जो आएगा उसमें आपको लॉग करना पड़ेगा और थर्ड स्टेप में आपको लोकेशन अलाउ करना पड़ेगा और चौथे स्टेप में आपको फ्लैग इन लोकेशन और देखिए फिर तो सबसे पहले हम पहले स्टेप आजमाते हैं और इसमें सबसे पहले हम पिन एफ फ्लैग में क्लिक करते हैं जैसे पिन एफ फ्लैग में क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है तो देखिए हमने जैसे पिक्चर सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद ये अपलोड सक्सेसफुल हो गया है इसके बाद आपको अपना नेम डालना है नेम के बाद आपको अपना नॉल नंबर डालना है और नॉल नंबर डालने के बाद आपको लोकेशन लोकेशन आपको करना लोकेशन लोकेशन आपको कौन करना है तो लोकेशन ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम की सेटिंग में जाना है यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे साइड सेटिंग में जाना है साइड सेटिंग में जाना है इसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन आपको दिख रही है वो लोकेशन इसमें आपको क्लिक करना है और इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको उसमें पहले नंबर क्लिक करना है ये ब्लॉक टू में जो दिखा है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको दिख रहा होगा हर इसमें आपको क्लिक करना इसमें आपको अलाउ कर देना है जैसे अलाउ कर देंगे तो उसके बाद आपको इसको ब्लॉक करना है बाई कर लेना है ये देखिए जैसे आप लोकेशन ऑन कर दिए तो नेक्स्ट ओपन नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है आपको इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है नेक्स्ट में ऐसे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा वन सेकेंड देखिए लाइव चल रहा है इसलिए थोड़ा लेट लगेगी ये देखिए इसमें आपको लोकेशन चूज़ करना ना है ना पे इसके बाद आपको पिन ए फ्लैग में क्लिक करना है और ये देखिए ये मैसेज यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कंग्रेचुलेस यू फ्लैग योर फ्लैग हैज़ बिन पिन डाउनलोड सर्टिफिकेट इसके बाद आपको आपका सर्टिफिकेट वो स्टेशन कंप्लीट हो गया है अब आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट क्लिक करना है ये देखिए ये देखिए हमारा सर्टिफिकेट आ गया है इसका सर्ट इसका सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखेगा इसके बाद आपको डाउनलोड में क्लिक करना है इसमें ये नीचे एयर दिख रहा होगा आपको ये इसमें आप क्लिक करेंगे जैसे तो ये फिर डाउनलोड हो जाएगी और ये देखिए अब यहाँ से आप ओपन कर सके देख सकते हैं इसको कैसे सर्टिफिकेट है तो यहीं से हमारी वीडियो समाप्त होती है तो कैसे लगी आपको दोस्तों वीडियो ये वाली कमेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा सो थैंक यू एंड वेलकम